नमस्कार मित्रों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर तो मित्रों जैसा कि आप सभी जानते हैं यहाँ पर हम दुष्यंत कुमार की गज़लों का आनंद उठा रहे हैं गज़लों को सुन रहे हैं उनको समझ रहे हैं दुष्यंत जी निश्चित रूप से अपने समय के बहुत ही महान गज़लकार हैं निश्चित रूप से उनकी गज़लें आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं उतनी भी महत्वपूर्ण हैं जितनी कि आज़ादी के एन बाद हुआ करती तो आइए आनंद लेते हैं दुष्यंत कुमार के गज़ल संग्रह है साई में धू से ये तीसरी गज़ल जिसका शीर्षक है ये सारा जिसमें झुककर बोझ से दुहरा हुआ होगा जी हां मित्रों बड़ा ही यथार्थ औ भाव चित्रण आइए आनंद लेते हैं और कुछ सोचने समझने का प्रयत्न करते हैं दुष्यंत कुमार जी के सब्तों को ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दुहरा हुआ होगा ए सारा जिस्म झुककर बोझ से दुहरा हुआ होगा मैं सजदे में नहीं था मैं सजदे में नहीं था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 आज के भ्रष्टाचार राजनीतिक नेताओं के ऊपर बड़ा ही करारा व्यंग है आज सरकार से अगर सौ पैसे आते हैं तो नीचे अंतिम छोर तक आते आते एक रुपया भी निबंसता इस पर इस भ्रष्टाचार पूर्ण रवैये पर दुष्यंत जी के शब्दों को ध्यान से सुने यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा वाह क्या बनती हैं यहाँ आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ यहाँ आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा आगे सुनिए गजब ये है कि अपनी मौत की आहट नहीं सुनते गजब ये है कि अपनी मौत की आहट नहीं सुनते वो सबके सब, सब परिस हैं वो सबके सब, सब परिसाह हैं वहाँ पर क्या हुआ होगा वहाँ पर क्या हुआ होगा ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा मैं सजते में नहीं था आपको धोखा हुआ होगा तुम्हारे शहर में तुम्हारे शहर में ये शोर सुन सुन कर तो लगता है तुम्हारे शहर में ये शोर सुन सुन कर तो लगता है कि इंसानों के जंगल में कोई हाका हुआ होगा कई फाके बिताकर मर गया जो उसके बारे में कई फाके बिताकर मर गया जो उसके बारे में कई फाके मतलब भूखे पेड़ रह रहकर, कई दिनों तक भूखे पेड़ रहकर जो मर गया उसके कई फाके बिताकर मर गया जो उसके बारे में वो सब कहते हैं अब वो सब कहते हैं अब ऐसा नहीं ऐसा हुआ होगा ये सारा जिसम झुक कर बोझ से दुहरा हुआ होगा मैं सजदे में नहीं था मैं सजदे में नहीं था आपको धोखा हुआ होगा यहाँ तो सिर्फ गूँगे और बहरे लोग बसते यहाँ तो सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं खुदा जाने वहाँ पर किस तरह जलसा हुआ होगा खुदा जाने वहां पर किस तरह जलसा हुआ होगा चलो अब यादगारों की अंधेरी कोठरी खोलें चलो अब यादगारों की अंधेरी कोठरी खोलें कम अज कम एक वो चेहरा तो पहचाना हुआ होगा ये सारा जिसम झुक वो जिसे दुहरा हुआ होगा मैं सजदे में नहीं था मैं सजदे में नहीं था आपको धोखा हुआ होगा